नरी फोर्ड ने अपने इंजीनियर को कागज पर ड्राइंग करके दिया कि एक आठ के आठ सिलेंडर एक ही जगह चाहता हूं बना के दो मरता क्या ना करता एंप्लॉय थे पैसे मिलते उसने बोला ठीक है कोशिश करते हैं दो महीना तीन महीना छह महीना रिपोर्ट मांगे क्या हुआ बोला सर नहीं हो वो ही नहीं सकता बोला फिर करो तनख्वाह तो मैं दे रहा हूं दो महीना चार महीना छह महीना हो ही नहीं सकता एक साल के बाद इंजीनियर को बुलाया इंजीनियर से पूछा हाँ भाई उन्होंने बोला हो नहीं सकता तो मैं आपको हेनरी फोर्ड की वो लाइन बताता हूं, साथ ले जानते हैं हेनरी ने क्या बोला बोला चाहिए ही चाहिए तीन शब्द बोले चाहिए ही चाहिए कितना समय लग जाएगा मुझे उससे खोड़वा नहीं है लेकिन आठ सिलेंडर एक ही जगह मुझको